एक खयाली भी तेरा ही खयाला है क्यू बिछड़ना जरूरी वाला है तेरी नजदीकिया खुशी बेहिस इस बदन पे मेरी शहर की तरह उतर रहा है एक ख्याली में भी तेरा ही खयाला भी बिझड़ना है जरूरी ये सवाला गई रहता था सुन है सुकून, तेरा बिल नीच न जैसे कोई तुम तेरी नजदीकी खयाली में भी तेरा ही खयाला है क्यू बिछड़ना है जरूरी ये सवाल है